है hey गैस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एनंदर ब्लॉग वीडियो में तो गैस आज बहुत ही स्पेशल डे है और आज का दिन हमारा भारत दस साधन हुआ था 1947 में 15 अगस्त तो गैस आज 15 अगस्त 2022 है तो 75 साल का इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो इस बार गैस हर घर में तिरंगा फहराया गया है आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पड़ोसी का घर है ठीक है वहाँ पर भी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पड़ोसी का घर है यहाँ पर भी फहराया गया है हमारे घर में ठीक है दीदी के घर में यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है आप लोग खुद देख सकते हैं ठीक है झंडा लगा दिया है और गई आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ है, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गई आप सभी को मेरी तरफ से और इस बार पता नहीं क्यों बहुत ही मज़ा आ रहा है इंडिपेंडेंस डे में हर घर में तिरंगा लग, लगा लगाया गया है ठीक है यहाँ पर भी लगाया हमारे घर में भी लगा दिया है मैंने तिरंगा और हर घर में गए हर गांव में हर जगह में इस पर तिरंगा फहराया गया है और बहुत ही मज़ा है इस पर मतलब तो पहले के मुकाबले इस पर बहुत ही अलग सा फील आ रहा है इंडिपेंडेंस डे का ठीक है तो चलिए आज का वीडियो ग्राउंड का दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक है आज ग्राउंड में थोड़ा मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस की तो चलिए शुरू करते हैं तो आज यहाँ पर हमारा एक ग्राउंड है और एक ग्राउंड में आज पंद्रह अगस्त है सो तो आज इंडिपेंडेंस डे सब सफाई कर रहे हैं उधर देख सकते हैं सब लड़के रोग जो ग्राउंड में आते हैं और जो उधर भी है उधर दो है उधर दो है उधर भी साफ कर रहे हैं और इधर जो भी है ये लोग भी पूरा का पूरा साफ करें, अभी यहाँ पे जितना जंगल देख रहे हैं ना थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा ठीक है अभी जो जंगल देख रहे हैं आप यहाँ पे तो बाद में सब गायब हो जाएगा तो इधर भी देख सकते हैं कितना सारा गंदा है ठीक है और इधर जो ये दौड़ने वाला एक बहुत ही छोटा है तो अभी ये सब साफ होगा ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि पहले कितना जंगल था अब थोड़ी देर बाद कितना साफ होगा ठीक है अभी उधर जाऊँगा और उधर का नज़ारा दिखाऊंगा ठीक है अभी भी दौड़ रहे हैं कुछ बंदे तो उधर दिखाऊंगा ठीक है बैक कैमरे से तो चले दिखाता हूँ आप लोगों को तो बस अभी हर किसी का मतलब रनिंग सुबह आके सबने रनिंग कर लिया तो रनिंग करने का बाद अभी मतलब रनिंग खत्म हो गया तो अभी एक्सरसाइज नहीं किया है लेकिन अभी सब जंगल साफ़ करने में लगे हुए तो अब 15 अस्ट है ना तो स्पेशली पूरा साफ़ हो जाएगा अभी जितना भी दिखा रहा हूँ ठीक है ये ग्राउंड आप लोगों को पूरा दिखा रहा है और ग्राउंड भी चार मीटर पूरा पूरा है थोड़ा ज़्यादा भी है दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से ठीक है तो वैसे अभी ये ये सारा का सारा जो जंगल देख रहे हैं ना थोड़ी देर के बाद पूरा साफ हो जाएगा अभी देखिए यहाँ कितना सारा गंद कितना सारा जंगल है ठीक है थोड़ी देर बाद में पूरा का पूरा साफ हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ग्राउंड के कितने बंदे है पूरा का पूरा साफ कर रहे हैं क्योंकि दौड़ने में थोड़ा दिक्कतें आ रहा था यहाँ पे देख सकते उधर साइल पूरा का पूरा इधर भी जंगल था ये भी अभी साफ हो जाएगा और विकास अच्छे से करो तुम्हारा ग्राउंड है अभी जितने भी जंगल आगे देख रहे हैं ना पूरा का पूरा साफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद तो अभी देखिए अभी भी एक बंदा तो दौड़ ही रहा है और इधर पूरा का पूरा पूरा सफाई चल रहा है इधर भी और इधर पूरा साफ हो गया पहले इधर जितना जंगल था ना ऐसा ही जंगल इधर भी था लेकिन इधर पूरा का पूरा अभी साफ़ हो चुका है और थोड़ी देर कल से यहाँ दौड़ने में मज़ा आएगा थोड़ा बहुत ही जंगल था उधर आगे भी था आगे साफ कर लिया बंद सब लड़के लोग ने और जितने भी यहाँ सब दौड़ने वाले बंदे चलिए आगे आगे दिखाऊंगा ठीक है ये अभी इतना इतना करके साफ किया है और इससे ज्यादा नहीं होगा होगा इसी लाइन से होगा, से ट्रैक तो आगे पूरा खत्म हो जाएगा तब दिखाऊंगा ठीक है चलिए तामली कानन सुति चलाउने काम गर्न खोज्छौ जाव ला मेरिया जेडा बरस्ट धादर मान्छे सामान केले भन्छन छोवला यता पतै खोज्दै गरे केटा हो अ के काम नखेला जहिले उठाउन मान्दा उठाउन सक्दिन म बम चाहिँ सक्किदैन बम जित्छ के हाम्रो दिराज अरु दिराज दे यता हे दिनु तो इस पहले यहाँ कितना जंगल था ठीक है अभी देखिए कितना डिस्टेंस में साफ़ कर दिया अभी चार सौ मीटर ट्रैक पहले इतना ही था ये जो देख रहे हैं आप यहीं पे ही था लेकिन अभी पूरा का पूरा साफ़ हो चुका है आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से सब हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे साफ कर दिया अभी पूरा ये टर्निंग में भी काफ़ी साफ हो गया अभी तो बहुत मज़ा आएगा और ये जो चार मीटर ट्रैक है अभी बहुत बढ़िया लगने वाला है तो गए आप लोग यहाँ पर पूरा देख सकते हैं पूरा साफ हो चुका है अभी हम लोग अः ग्राउंड का काम खत्म हो गया है अभी तिरंगा फहराएंगे चलिए दिखाता हूँ तो गैस यहां पे कुछ मिठाई वगैरह का अरेन्ज किया गया था गैस ये 15 अगस्त का जो जितने भी बंदे सब लोगों को मिल रहा है यहाँ पे मुझे भी मिल चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। <laughs> तो गैस आज का वीडियो इतना ही था पंद्रह अगस्त स्पेशल वीडियो और यहाँ का खाने का इंतजाम भी कर लिया था तो गैस आज पंद्रह अगस्त स्पेशल वीडियो बना लिया और ग्राउंड का भी आप लोगों को दिखा लिया अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले मिठाई भी खा लिया, खा लिया मिठाई तो मिलते हैं ब्लॉग वीडियो में या कोई अनबॉक्सिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद गाय